सर मुक्ता राव आर एस को सब अपना छात्रा बता रहे हैं क्या बात है तो बता तो। देखो बेटा अभी आप किसी के कुछ न लगते हो जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा आपसे सब रिश्ता जोड़ेंगे वो हमारे मामो जी का नानो जी के ताई जी गैर बहन गैर पड़ोसी तो कोई गलत भी नहीं है हो सकता है क्या होता है आर एस बनने की एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है आठ दस साल की प्रोसेस होती है उस आठ दस साल में वो कहीं ना कहीं चलाई जाती योगदान सबका होता है ठीक है कोचिंग वाले दिखा देते हैं तो कोई तो बुराई भी नहीं है क्योंकि योगदान कहीं ना कहीं आप जब नौकरी लगोगे तो तुम्हें क्या लगता है योगदान तो सिर्फ तुम्हारा ही है तुमने पढ़ाई की क्या तुम्हारा ही योगदान है तुम्हारे गुरुओं का भी योगदान है तुम्हारी माता ने सुबह चार बजे तुम्हारी बहन ने सुबह चार बजे आपको चाय पिलाई है तो आपकी नौकरी में उस बहन का भी योगदान है तो जब आर एस जैसी रैंक हासिल करने वाला स्टूडेंट हो सकता है कहीं से उसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की तो कहीं ना कहीं उनका भी योगदान हो जाता है हो सकता है कहीं ना कहीं उन्होंने इंटरव्यू दे दिया होगा तो उनमें भी उनका योगदान हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है और फिर वो कहते हैं तो इसमें क्या गलत है हाँ ठीक है उनके नाम पे बिजनेस करना गलत है लेकिन कोई ये कहे कि हमारे पास टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी तो कोई गलत नहीं है इसके अंदर और ये भी आर से एक लंबी प्रोसेस है अब तो इसमें कोई गलत नहीं है कोई बात नहीं चीज़ें चलती रहती है तो इनका ज्यादा मुद्दा बनाना कोई जरूरी नहीं है फिर बात ये वो खुद क्या कहते हैं भी खुद ने तो उन्होंने किसी कोचिंग का नाम लिया ही नहीं उन्होंने कहा मेरे माता पिता गुरुजन पति बस इन्हीं का योगदान है तो बस सही है बाकी उन्होंने अब कह रहे हो कहते जैसे यूट्यूब है YouTube के ऊपर अभी आरएस एक हजार समथिंग लगे हैं एक हजार के एक हजारों का कहीं ना कहीं मेरा वीडियो देखा मैं मिलेगा कभी ना कभी मेरे चैनल पे उन्होंने वीडियो देखा है। बात है, क्या कलर है चलता है ये चीजें इनकी ज्यादा चिंता मत किया करो चल नेक्स्ट बनाएंगे इसके ऊपर एक अच्छा आर के ऊपर एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा सिर्फ एक इंटरव्यू डालूंगा आपको पहले बताओ आर एस का एक ही इंटरव्यू डालूंगा ठीक है एक ही आरएस के साथ डालूंगा उसमें आपकी सारी शंकाएं समाधान हो जाएगा किसी बिजनेस के उद्देश्य से नहीं डाला जाएगा बच्चे क्या जानना चाहते हैं आरएस के तैयारी से संबंधित सिर्फ उससे संबंधित एक ही वीडियो जैसे एसआई के मैंने नहीं डाले सिर्फ चार एस को लाके एक साथ ही वीडियो डाल दिया आपकी जो भी शंका थी वो उनसे पूछ के आपका समाधान हो गया बार बार इंटरव्यू देखना दे का कोई औचित्य नहीं है सिर्फ एक ही व्यक्ति के साथ आर का इंटरव्यू डालूंगा उसके अंदर किसी प्रकार की कोचिंग का नाम नहीं लिया जाएगा ना मेरा ऐड किया जाएगा ना मैं कहूंगा मेरा स्टूडेंट है नहीं भाई तो वो सिर्फ आपकी जिज्ञासा के लिए कि आप क्या पढ़ना चाहिए कैसे पढ़ना चाहिए हा जी